परीक्षा पूर्ण होना नहीं है के बाद उसको लगाने लगाने की दरना, दरना का विधान क्या क्या क्या है? करने से हम रहते हैं हैं? और हमारी जी सकते करना चाहिए? आप, तो तो दें आप ये साधना करो आपका ऐसा करो आपका ऐसा लक्ष्मी साधना में अरे से कोई कोई है है है है काम काम करोड़ों का मेरा कहना ये कि हम शांति अपने घर के लिए कारण केवल हम हमारी के बाद में कहते मेरे, तो तो मेरे, मेरे, मेरे बच्चे को मिल गया, आपका सोचा ही की आप ऐसा उसके ऊपर हो भाई हम ये छोटी छोटी बातों में के के बारे देश, देश देश बारे में में में में देश देश और चुणी चुणी चुणी से अपने आप तक जबकि हमारे कर्म सिद्धांत था, यानी को मानते थे। उस समय हर आदमी एक से चाहे ये तो होता था राजा को लेकिन तो का इस देश एक एक एक एक के बारे में से से प्रेम और आज क्या वह करना हमें क्या हमें मेरे पास कारण कर तो तो। तो तो तो तो करूंगा कर है तो मेरे तो मेरे बहन तो पिता ने सोना सोना और लाख लाख रुपए बेटी वाली जो विचार है इसको किस तरह बदले क्या कर करने से हमको हर एक बात मानता है लेकिन धन की आवश्यकता इतनी नहीं की जड़े हुए जिसमें हमें जिसमें हम दुख का कारण में होती वो। मैंने बार कहा, मेरे पास लोग आए थे, थे, चलते चलते उन्होंने तो तो तो तो स्कूल को गया। मुझे चलते गया मैं साइकिल से बहुत अधिक बहुत तो बहुत है। कहा चार पाँच लाख रुपए का लोन हो गया है इसले वो काका ने इधर नए काका को ये बोल रहा था अब तो वो लोन कई काका का उसका पाँव मेरे ऊपर पड़ गया कि तो मैं उस लोन को चुकाऊ उसका काटा दूं काटी बात कर रहा है धन्यवाद सर जी शरीबा अब ये करते हो उसका ये नहीं होगा मैं बोल रहा हूं ये सब सिर्फ ये क्या तूने भूल के 얘기 किया अब क्या बात करता हूं चुकाऊं क्या मैं बीवी से क्या पत्नी मेरे बीवी से के लिए करने के लिए है बस आपकी शर्त में अगर आप तो आश्रम में आता रहता हूं कि जिंदगी इस तरह बोली गई और हम कभी इस बारे में बात नहीं करते हमारी भूलकारी क्या है मेरी सभी भूलकारी क्या हो सकता है कि कभी अब जब भूलकारी करते हो तो आपको आपके समाज की आपके देश की और आपकी विश्व की जितना आप में बस एक रुचि भी परंपरा है आप जानते हैं हमारी रुचि इनके पास काम जीना � में में थी, थी, लेकिन अकेले रहते थे, तो जो करती उसकी जो थी, उसकी रोटी रोटी या पैदा लिया करते। उनके पास क्या केवल गायों का शिशु का पहले चयन कैसा होता था कैसा चुनते थे वो लोग अब पूछिएगा यदि कहते हैं कि तो ये 90 के 50 में जहां इसको 1 सात तक तो चला पर आ गया और ये 50 90 अगर प्रश्न हम के 60 होती है तो तुम्हें सेशन मिलने लगाए और 50 के वही तरह से होंगे तो ये दूसरे और शुरू हो जाएगा किससे शुरू हो गया किससे लगातार करनी होगी तो उसको कहते हैं कि वो सेशन मिलने लगाए तब एक कारण चलाने के जब आदमी को बाहर वाली उसे एक एक गारंटी की है तो मैं मैं वशिष्ठ वशिष्ठ तो तो तो को से गाये लेकिन उसने अपने किया तो संसार के लिए और ये जब तक तक नहीं तब हमारा हमारे को तो सोने की ऐसा है की वो अमेरिका में पावर बॉल लग रहा है आप जरा नंबर दे दो एक नंबर लग गया है मैं एक पावर बॉल लेके मैं पैसे तो तो नहीं पर मैं ही पावर बॉल लाने के जैसा काम है अरे जब तक मैं यहां धर्म करके पैसा कमा रहा हूं अरे मुझे तो वो ज्ञान है मेरा टेक पावर बॉल लेके तेरे मुझे ज्ञान के बाद मैं पैसे ले रही हूं काम की मीटिंग तो जो क्या करते हैं जितना मुझे एसी पैसा आ गया तो हम से 1 लाख 1000 रुपए 1 लाख बता लो एक बार में वो 5 लाख तेरे को मैं खुश हो जा और 1000 रुपए चाहिए बाकी के वाले 5 लाख पहले पाँच लाख रुपये खर्च हो गया दूसरी बार आएगा पूरी ये दस लाख की लड़ तो ये जो हमारे में चल रहा है हम समाज के बारे में या अपने इसके बारे में नहीं सोचते इसीलिए हमारे घर में वो आतंक आज भी फैला हुआ है हम किसी दूसरे को आतंक फैलाने की बात करें आतंक हम भी फैला आतंक हमारे पास हमारे पास धन संचय हुआ तो लोगों के गुलाम देखते रहेंगे तो ये हमें बिना किस तरह ना है, मैं तो तो तो हाँ। लेकिन आपको तो दो बच्चे बसें आपको एक बच्चा बस है माता पिता है उसका बुढ़ापा आया तो ये दो बच्चों में वो अपनी देखेगा अपने बच्चों को देखेगा अपनी बीवी तो तो को देखेगा तो पेट की कोशिश को करेगा उधर घूम गया बोला तो यार बेटा डॉक्टर होगा या इंजीनियर वाला या नेता होगा मम्मी बताएगी क्यों क्यों नहीं निकल जाता क्योंकि उसमें गारंटी नहीं जो जी के आएगा वो देखता है जाकर आए कि उसकी गारंटी नहीं तो हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं हम लोग क्यों गुजरेंगे और लोग क्यों जाते हैं हमारे के पास आता है हम सक्षम हो इसके लिए हमारे पास किस के साथ हम एक सक्षम आदमी सकते हैं हमारे पास बहुत सारे ऐसी विद्याएं भी है एक बार बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और विश्व जी भी बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि आप सिद्धार्थ्रम को जाते हैं आप सिद्धार्थन को जाते हैं सिद्धार्श्रम में क्या सिखाते बात ऐसी आएगी और उसने विष्णु को आड़े हाथ बोला सिद्धारम तो को कहते पच्चीस हजार सालों से बीस हजार सालों से है इस दो हजार हम हमारे मंदिर को देख हमारे ग्रंथों को जला किया हमारे औरतों को छेड़ा हमारे औरतों ने आत्महत्या की और सिद्धार्शना तो इसके पीछे आपका राज किया सिद्धार्षण सिद्धार्थम भी लोग अगर तो उनका धीरे क्या है देश को बचाना विश्व को बचाना या हमारे जिस राम की आप पूजा करने सिद्धार्थम की सिद्धार्थमी हो तो, जिस विष्णु की पूजा कहते हो जिस भगवान शिव की पूजा करने को कहते हो उस, उस शिवजी का मंदिर अगर कोई तो दौड़ रहा है और हमारे भी शक्ति नहीं उसका सामना कर सके तो सिद्धार्शम की योग्य है उसकी रक्षा